मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दर्द दे न जाने को रेरी मै हेरी मैं प्रेम दिवानी मेरा दर्द न जाने को खेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो हीरा की रा की गति जोहरी जाने जो कोई जौहरी हो जो कोई जौहरी हो अरे मैं प्रेम दिवानी मेरा दर्द न जाने को अरे मैं प्रेम दिवानी मेरा दर्द न जाने ऊपर सुली सुलीज हमारो सुली ऊपर से जय हमारो सोवन किसी भी हो सुज हमारो सोवन किस विधि हो गगन मंडल पे से जब पिया गगन मंडल पे से जब पिया की किस विधि मिलन हो किस विधि मिलन हो अरे मैं प्रेम दिवानी मेरा दर्द न जाने को रि मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दर्द न जाने को दर्द की मारी बन बन डोलू वैदन मीला को दर्द के मारे बन बन डोलू वैदन मिला को मेरा की मेरा की प्रभु पीरम के मेरा मीरा की प्रभु पीरम के जो दोन समरिया हो बैदे समरिया हो अरे मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दरदे न कने को अरे मैं तो प्रेम दिवानी मेरा डर न जाने को ऐरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दर्द है न जाने